प्रधानमंत्री मोदी के लगातार तीसरी बार ग्लोबल लीडर में टॉप आने पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्लोबल लीडर में भी टॉप पर हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी टिप्पणी की गृह मंत्री मिश्रा ने अरुण यादव के मुख्यमंत्री वाले बयान आरोप कहा की अरुण यादव जी वरिष्ठ नेता है वे केंद्रीय मंत्री रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं वो प्रजातांत्रिक बात करते हैं और कमलनाथ जी स्वयं स्वयंभू जनरल ऑफ अटर्नी है उन्होंने भावी मुख्यमंत्री के रूप में अपने ही होर्डिंग लगा दिए हैं, और अब उन्हीं की पार्टी के नेता उन्हें आईना दिखाने का काम कर रहे हैं पहले प्रभारी ने कहा अब अरुण यादव ने कमलनाथ को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है और यह कह दिया है की वो विधायक तय करेंगे की कौन मुख्यमंत्री बनेगा यह स्थिति अब कांग्रेस और कमलनाथ की हो गई है वही मिश्रा ने बजट पर कांग्रेस की टिप्पणी पर कहा की कर्ज एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है फर्क सिर्फ खर्च का है हमारी सरकार विकास यात्रा निकाल रही है शिलान्यास हो रहे हैं उद्घाटन हो रहे हैं मिश्रा ने कहा हमारा बजट विकास पर खर्च हो रहा है गांव पर खर्च हो रहा है गरीब पर खर्च हो रहा है और कांग्रेस का बजट जैकलीन और सलमान पर खर्च होता है कर्जा तो कांग्रेस भी लेती थी देखो अरुण यादव जी वरिष्ठ नेता है केंद्रीय मंत्री रहे प्रदेश के अध्यक्ष रहे वो प्रजातांत्रिक बात कर रहे कमलनाथ जी स्वयं जनरल ऑफ एटोर्नी उन लगा दी है भावी मुख्यमंत्री के रूप में तो मेरी मान्यता ऐसी है कि अब ये बात उन्हीं की पार्टी के नेता लगातार उन्हें आईना दिखा रहे हैं पहले प्रभारी ने कहा नहीं, नहीं, अब आदरणीय अरुण यादव जी ने स्पष्ट रूप से उन्हें खारिज कर दिया है और कह दिया है कि ये विधायक बनेंगे वो विधायक तय करेंगे या उनका नेता तय करेंगे ये स्थिति अब कांग्रेस पार्टी की हो गई है और कमलनाथ जी दो बातें हैं बजट कर्ज ये एक चलने वाली प्रक्रिया है फर्क खर्च का है हमारी विकास यात्राएं निकल रही हैं हम शिलान्यास कर रहे हैं उद्घाटन कर रहे हैं हमारा बजट विकास पे खर्च हो रहा है गांव पे खर्च हो रहा है गरीब पे खर्च हो रहा है और उनका बजट सलमान और जैकली पे खर्च होता था कर्जा तो वो भी लेते थे माननीय मोदी जी है <laughs> जब मध्य प्रदेश के वो प्रभारी थे तब हम सब उनमें गुजरात के मुख्यमंत्री की छवि देखकर गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो पूरा देश उनमें भारत के प्रधानमंत्री की छवि देखता था और जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने तो पूरा भारत उनमें वैश्विक नेता की छवि देखता था और आप आज अपनी आंखों से देखिए कि ग्लोबल लीडर की लिस्ट में हमारे प्रधानमंत्री टॉप पे हैं वैश्विक नेताओं में भी टॉप पे जो अमेरिका के बाइडेन की और यूके के ऋषि स्वरूप जैसे आज मोदी जी की लोकप्रियता में सभी पिछड़ गए हैं मॉर्निंग में माननीय मोदी जी को लाइक किया गया सहरा, सहरा आया गया है और वैश्विक नेतृत्व के रूप में मोदी जी गृह मंत्री मिश्रा ने ब्लॉक स्तर पर जनसेवक नियुक्ति और युवा समागम पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो भी करती है हमारे सरकार हमारे नेता हमारे मुख्यमंत्री जो भी काम करते हैं उसकी मानसिकता है, स्पष्ट है कि हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराएं ज्यादा से ज्यादा विकास कराएं। आज भी एक लाख से अधिक रोजगार के अवसर सरकार के स्तर पर निकले हुए हैं, नौकरियां लग रही हैं, भर्तियां हो रही हैं, और ढाई लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर जैसे लोन देना सब्सिडी देना और हर महीने रोजगार मेले लगा रोजगार दिए जा रहे हैं गृह मंत्री ने पी पर कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा की पी के अठारह लोग जो गिरफ्तार हुए थे उनमें से फरार चल रहे दो लोगों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है और रिमांड पर पूछताछ के लिए भेज दिया गया है और बहुत से खुलासे हो सकते हैं देखिए हर का उद्देश्य आप स्पष्ट मान के चलिए भारतीय पार्टी जो भी काम करती है हमारी सरकार हमारे नेता मुख्यमंत्री जो भी काम करते है स्पष्ट उनकी मानसिकता है हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराए ज्यादा से ज्यादा विकास कराए आज भी आप देखेंगे तो एक लाख से अधिक रोजगार के अवसर सरकार के स्तर पर निकले हुए नौकरियां लग रही है भर्तियां हो रही है अभी पिछले ही हफ्ते हमने पुलिस विभाग का आरक्षकों का जो आप सब भी थे और ढाई लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर लोन देना सब्सिडी देना और रोजगार मेले हर महीने लगा करके अभी तक हम दे चुके हैं ये सब उसी प्रक्रिया का अंग कार्यवाही पी एफ आई के पकड़े गए है खान, खान, पुत्र बाबू ये जो जो पूर्व में में 18 लोग लोग गिरफ्तार हुए थे, थे, उसमें से से एक एक दो जो फरार चल रहे थे, उसी में से एक इसी भोपाल की एटीएस ने पकड़ा हुआ है एटीएस के द्वारा जो अपराध पंजीबंध था तैतालीस पटेल उसी के अंदर इनको पकड़ा गया है ये वासिद खान पी एफ की एक लीगल विंग थी एनसीएचआरओ उसका काम करता था और उसका वो महासचिव भी था जिसको पकड़ा गया है इसको अभी 8 तारीख तक की पुलिस रिमांड पर लिया गया है पूछताछ में और भी कई विषय खुलने की संभावनाएं हैं वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें